वेलकम टू आईटीआई टी टेक्निकल चैनल में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने एक डेमोस्ट्रेशन की क्लास लेकर के आया हुआ हूं, जो कि फिटर टूल से अब हम देखेंगे फिटर टूल में आज हम स्टील रूल के बारे में बताएंगे कि स्टील रूल है क्या और इसका यूज़ कहां कहां-कहां पर होता है सबसे पहले हम जानेंगे स्टील रूल के बारे में स्टील रूल जो है हमारा लंबाई नापने में चौड़ाई नापने में तथा ऊँचाई नापने में यूज़ किया जाता है ये जो है स्टेनलेस स्टील का बनाया जाता है और ये हमारे कई रूपों में पाए जाते हैं अब हम देखेंगे सबसे पहले स्ट्रक्चर लिखा हुआ है ये जो आपके सामने दिख रही है स्टील रूल ये हमारी एम में इंच में अब इस इस टूल रूल में एम इंच तथा सी तीनों में इसके नाम दिए हुए हैं तथा इस स्टील रूल के पीछे कन्वर्जन टेबल दिया गया हुआ है जिसका यूज़ हम कैलकुलेशन में करते हैं अब हम देखेंगे इंच में जो इसमें निशान होते हैं एक बटे दो एक बटे चार तथा एक बटे आठ या एक बटे चौंसठ के बराबर भागों में विभक्त किया जा सकता है अब देखेंगे मटेरियल ये हमारा स्टेनलेस स्टील का बना होता है पेली और स्प्रिंग स्टील तथा हाई कार्बन स्टील्स के भी बने होते हैं इसका कार मैंने आपको बता दिया हुआ है ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आदि की माप लेने के लिए यूज़ किया जाता है इसके बाद में ये हमारा डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत आता है मतलब इसके द्वारा हम किसी भी चीज़ की मेटल या किसी भी एक्टिविटी की हम नाम डायरेक्ट ले सकते हैं इसके द्वारा हमें किसी अदर टूल्स की जरूरत नहीं पड़ती है इस कारण से हम इसका नाम डायरेक्ट डि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत ये आता है अब हम देखेंगे ये जो हमारे साइज जो होते हैं देखिए एमएम डेढ़ सौ तीन सौ तथा छ सौ के उसमें पाए जाते हैं जो इसका एमएमएं होता है वो जीरो पॉइंट फाइव एम होता है और इंच में जो होता है एक बटे चौसठ इंच होता है अगर इसे पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा जीरो पॉइंट में आएगा इसके बाद में जब हम मार्केट में इसे परचेज करने जाते हैं तो अगर हम एम में बोलेंगे तो 150 सौ 300 एम 600 सौ के अकॉर्डिंग बोलेंगे और सी में 15 हो गया तीस हो गया 60 हो गया और इंच में जब बोलेंगे तो 6 इंच 12 इंच या चौबीस इंच की कैटेगरी या अड़तालीस इंच की कैटेगरी में होते हैं अब हम देखेंगे क्लासीफिकेशन मतलब स्टील रूल को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है तो सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारा है नैरो रूल अब नैरो रूल की क्या प्रॉपर्टी होती है ये स्टैंडर्ड स्टील रूल की तरीके से भी होता है लेकिन ये ये जो स्टैंडर्ड स्टील रूल है इसकी जो चौड़ाई है इससे इसकी थोड़ी चौड़ाई कम होती है अपेक्षा कम होती है प्रायः इसकी चौड़ाई पांच एम के करीब होती है इसका प्रयोग कहां किया जाता है इसका यूज ग्रुप अथवा नालियों को लेने के लिए हम नेहरू का यूज करते हैं अब हम देखेंगे नेक्स्ट हमारा हुक रूप है भी जो है स्टैंडर्ड अनुसार ही होता है बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि इसमें एक हुक लगा हुआ होता है इस कारण से इसका नाम हुक रूल पड़ गया अब हुक रूल के कारण किसी भी सुराग या पाइप के अंदर की नाम हम आसानी से ले सकते हैं अब हम चलेंगे नेक्स्ट हमारा तीन रूल रूल रूल का यूज मोल्डिंग शॉप में या पैटर्न मेकर में यूज किया जाता है मतलब स्रिंक रूल का उपयोग मैक्सिमम जो यूज़ किया जाता है वह पैटर्न मेकर या मोल्डिंग शॉप में यूज़ किया जाता है और इसके निशान एक बटे दस इंच से सात बटे सोलह इंच प्रति फुट में बड़े रखे जाते हैं अब हम देखेंगे की सी स्टील रूल स्टील रूल रूल भी स्टैंडर्ड अनुसार ही होता है बस इस प्रकार के स्टील रूल में एंगल आयरन का आकार होता है इसका अधिकतर प्रयोग वर्गाकार आकार की कार्यों की लंबाई समानांतर रेखाएं खींचने में इसका यूज किया जाता है अब हम देखते हैं इस होता है इसके द्वारा हम इसका भी यूज जो होता है नाप लेने के लिए ही करते हैं अब इसका जो मेनली यूज़ पे करते हैं यह गोल आकार की डिब्बी में फिट रहता है तथा छह इंच या दो मीटर लंबाई तक पाए जाते हैं इसका अधिकतर यूज टेढ़ी मेढ़ी सतहों की माप लेने के लिए यूज किया जाता है अब हम देखेंगे रूल और स्केल में डिफरेंस अब हम देखेंगे रूल और स्केल में अंतर क्या है रूल का अधिकतर प्रयोग वर्कशॉप में किसी जॉब की माप लेने और उसे चेक करने के लिए किया जाता है जबकि स्केल का प्रयोग ड्राइंग और रेखाचित्र बनाने के लिए किया जाता है अब हम देखेंगे स्टील रूल के यूज उपयोग जनरल यूज़ है इसका यूज़ हम लेंथ नापने के लिए किए जाते हैं वह चाहे लेंथ लंबाई हो या चौड़ाई हो ऊंचाई, किसी भी तरह की हो अब इसका यूज़ क्या है डिवाइडर पर माप लेते समय ट्रांसफर करने के लिए भी यूज़ किया जाता है नेक्स्ट हमारा और लेंथ कैली पर पर कैली पर पर माप ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है नेक्स्ट हमारा इन साइट कैली पर माप को ट्रांसफर करने के लिए भी स्टील रूल का यूज किया जाता है स्टील रूल का प्रयोग करके जॉब की एक डेटा मेच का ट्राई स्क्वायर लगाकर इसकी दूरी मापी जाती है अब हम देखेंगे इसकी सावधानियां क्या क्या हैं सबसे पहले सावधानी हमारी इसकी स्टील इस लूल को कभी भी कटिंग टूल के साथ में मिलाकर नहीं रखना चाहिए नेक्स्ट है स्टील लूल को कभी पेचकस की तरह प्रयोग नहीं करना चाहिए नेक्स्ट हमारा कार में लाने के बाद इसे साफ करके रख देना चाहिए नेक्स्ट पॉइंट है स्टील लूल पर समय समय पर ऑयल लगा देना चाहिए जिससे कि इस पर रस्ट वगैरह नहीं लगती है इस तरह से आज की क्लास हमारी डेमोस्ट्रेशन की यहीं पर समाप्त हुई जो कि स्टील रूल से रिलेटेड थी नेक्स्ट क्लास में मैं फिर से आपके सामने आऊँगा अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें लाइक करें और सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर वाच माय वीडियो